बनमनखी नगर परिषद वार्ड नंबर तीन में आठ वर्षीय दिलखुश कुमार का मौत गड्ढे में वर्षा का पानी जमा होने के कारण स्नान करने के दौरान पैर फिसल जाने से डूबकर मौत हो गई बताया जाता है दिलखुश अपने माता पिता का एक ही पुत्र था परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है कैसे तो घटना तो तो तो तो तो ऐसे घटना सारी बारिश हो था बारिश में नहाते नहाते चला गया पोखरी में वहाँ पे पता नहीं चला कि इसमें पोखरिया जाके बच्चा डूबे का नाम है दिलखुश कुमार आपका नाम सोनू सिंह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना घटनास्थल पर पहुंचकर कर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया वहीं अंचलाधिकारी अर्जुन कुमार विश्वास ने कहा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को मुआवजे की राशि मिलेगी नगर परिषद वार्ड पार्षद रामदेव सहनी ने क्या कुछ कहा ये सुनिए अपना घर घर में में माटी माटी भरा एक मर्द एक एक मर्द मर्द करके उसको कोई घेर घाट नहीं किया गया और कि चलते बच्चा पानी में नहाने चल गया वहाँ पिछड़ के गढ़ा में गिर गया घर में उसके कारण तो क्या गड्ढा रास्ते के बगल में है रास्ते के बगल में तो फिर बच्चा उस तरफ कैसे गया वो तो रास्ता था था उधर और बच्चा चल गया बाइक में नहाने के लिए की नहाने के पहले तो चल के चल गया हल्ला हुआ। लोग जब तक मैं गया लोग पता चला गया वहाँ